How dare you talk to me like that, idiot! औकात नहीं मेरे बाजू में बैठा है चार लोगों को क्या मार लिया खुद को हीरो समझने लगा इंतजार कर रहा है उसके सामने आकर दिखाना अपनी हीरो गिरी जो इलिटरेट फ्रूट वॉट द हेलमैन जूते पॉलिश करने पर मुझे एक पाओ मिलता था थाली से ज़्यादा नीचे गिराकर खाने वालों के के बीच मिट्टी में गिरे पाव के लिए तुम इतना तड़प रही हो, तो तुम्हारी मजबूरी में समझता हूँ स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती। हमें खुद रोकना पड़ता है इन लोगों के बारे में मत सोचो